हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है राना राम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर आर प्रजापति फिल्म स्टूडियो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने क्रोम ब्राउजर में या कोई भी गूगल हो उसमें आप थीम सेंज कर सकते हो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल आर आर प्रजापति फिल्म स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जल्द से जल्द मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है फिर यहाँ से आपको तो अपने फिर जैसे ही जाने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा थीम का थोड़ी देर वेट करने के बाद में आएगा पर आएगा पर कस्टमाइज फ्रॉम इस पर क्लिक करना है अगर आप थीम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो और वाल पेपर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से अपलोड ए क्लिक करके आप जो भी फोटो करना चाहते हो वो से कर सकते हो जैसे कि मैं करके दिखा ये देखो हमारी ये हो गया और हम